हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सपोज एस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है सपोज़ आपका बैंक अकाउंट बिजनौर में खुला हुआ है जो कि यूपी में है उत्तर प्रदेश में है आपको किसी और ब्रांच में आपको किसी और शहर में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है तो फ्रेंड वो क्या आप कैसे करेंगे उसके लिए फ़्रेंड्स आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है आप यहाँ से भी जा सकते हैं या ऊपर की तरफ थ्री लाइंस आ रही हैं आप उन पे क्लिक करके सर्विस रिक्वेस्ट पे जा सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड सर्विस रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड नीचे की तरफ एक ऑप्शन है चेंज होम ब्रांच आप चेंज होम ब्रांच पे क्लिक करेंगे जैसे यहाँ दिखा रहा है कि ये अकाउंट जो है बिजनौर की ब्रांच में है नीचे आ रहा है अकाउंट एंड CIF विल बी ट्रांसफर ये दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे चेंज होम ब्रांच के लिए आपके पास सिलेक्ट बाय जीपीएस, सिलेक्ट बाय लोकेशन सिलेक्ट बाय जीपीएस अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये जीपीएस के अकॉर्डिंग वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेगा जिस सिटी में आप सिलेक्ट करेंगे सर्च बाय लोकेशन में वो लोकेशन बाई सेलेक्ट करेगा तो हम यहाँ से सर्च बाई लोकेशन कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड आपको स्टेट देनी है जैसे कि सपोज़ उत्तर प्रदेश में किसी और शहर में अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है तो स्टेट उत्तर प्रदेश दे दी सिटी में जो आपको जहाँ ट्रांसफ़र कराना है उस सिटी का नाम दे दिया अब ये लिखा है जैसे एरिया अब एरिया में आप क्या देंगे एरिया में फ्रेंड्स अगर आपके पास ब्रांच कोड है तो आप ब्रांच कोड दे सकते हैं आप ब्रांच कोड देंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अभी फ्रेंड ये दिखा रहा है कि इस ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग जो एस की ब्रांच है वो शो ऑफ कर रहा है अभी फ्रेंड यहां पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो आपकी होम ब्रांच अब चेंज होगी उसका पूरा प्रीव्यू आ रहा है सीआईएफ नंबर अकाउंट नंबर अभी जो करंट ब्रांच है वो दिखा रहा है ट्रांसफर ब्रांच कहां हो जाएगी वो दिखा रहा है ब्रांच का एड्रेस दिखा रहा है फ्रेंड यहां पे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ओ आएगा उस ओ को आप सेंड करेंगे फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर आपने एक बार अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर लिया है फिर दोबारा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप वन मंथ बाद दोबारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ्रेंड ये ट्रांसफ़र जो आप करते हैं ये आप सुबह के आठ बजे से रात के आठ बजे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू